जिंदगी के हर मोड़ पर अहमियत है पानी सिर्फ तेरा गला नहीं चाहता जिंदगी के हर मोड़ पर अहमियत है पानी सिर्फ तेरा गला नहीं चाहता और किसी के चक्कर में मत पड़ दोस्त तेरे परिवार के अलावा कोई तरह गला नहीं चाहता